लड़की को इज्जत दे नहीं सकते लेकिन इज्जत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं घर ले जाकर अपने माँ बाप से मिला नहीं सकते लेकिन तारों के शहर में ले जाने की बात करते हैं।